भारतीय के लिए आधार कार्ड कितना जरूरी हो गया है या स्कूल का एडमिशन करवाना या फिर पैसे की जरूरत हो हमें क्या आप जानते हैं इंडिया में सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था नहीं जानते तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आधार कार्ड बना था रंजना सोनेवारे का वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें